कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है लेकिन हारने के जीतने के बाद मजा ही कुछ और आता है बुलंद हो हौसला तो हर मुकाम बुलंद हो मु, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में तैरने की क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का